मैं आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूँ दिनांक 12 दिसंबर के दैनिक राशिफल के इस कार्यक्रम में गुरुवार दिन रहेगा भगवान विष्णु का दिन रहेगा शांताकारम भुजक शयनम पद्मनाभम सुरेश्वरम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मी कांतम कमल नयनम योग विन्ध्यान गम्यम वंदे विष्णु भाव भय हरम सर्वलोक एक नाथम तो दर्शकों भगवान विष्णु का ये दिन आप सभी लोगों के लिए मेद से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए क्या कुछ लेकर के आया है इन विषयों पर आज हम प्रकाश डालेंगे साथ ही साथ आज के दिन को प्रभावी बनाने के लिए अर्थात बारह दिसंबर के दिन को आप कैसे प्रभावी बना सकते हैं इस पर भी प्रकाश डालेंगे वार्षिक राशिफल दो हजार चुका है जुपीटर का ट्रांजिट पड़ चुका है सनि का ट्रांजिट पड़ चुका है नक्षत्रों के आधार पर जो है हमारे पढ़ने आप लोग जा करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है देख सकते हैं आज का पंचांग पूर्णिमा तिथि रहेगी प्रतिपदा तिथि लग जाएगी पूर्णा तिथि को हमने बताया था किसी प्रकार के नॉनवेज का सेवन नहीं करना चाहिए किसी भी प्रकार के शारीरिक रिलेशन नहीं बनाने चाहिए और प्रतिपदा तिथि को का सेवन नहीं लेते हैं राहुल जिसको कहते हैं तो दोपहर एक बजकर सत्रह मिनट से दो बजकर चौतीस मिनट तक रहेगा यदि आपको शुभ कार्यों को करना होगा अभिजीतर में करिएगा प्रातः ग्यारह बजकर अड़तीस मिनट से बारह बजकर बीस मिनट तक करिएगा दिशाशूल की बात ना करें तो बड़ी नाइंसाफी होगी दिशाशूल कहाँ रहेगा तो गुरुवार दक्षिण दिशा की ओर दिशाशूल रहेगा मत करिएगा यात्रा यदि या करनी पड़ जाए तो कोशिश कीजिएगा कि आप लोग केसर का सेवन कर लीजिएगा हल्दी का तिलक लगाइएगा तब उस दिशा में जाइएगा और दक्षिण दिशा की ओर डायरेक्ट मत जाइएगा पहले आप उत्तर दिशा की ओर चार पथ चल लीजिएगा चंद्रदेव का जो चलायमान रहेगा शाम को छह मिनट तक तो ये वृषभ राशि में रहेंगे इसके बाद ये मिथुन राशि में आ जाएंगे सूर्यदेव वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं तो ये तो था दर्शकों हमारा पंचांग अब बढ़ते हैं अपने राशिफल की ओर लेकिन दर्शकों आपके शहर में आ रहे हैं जयपुर में आ रहे हैं और दिल्ली आ रहे हैं तो जो भी दर्शक जयपुर से संबंध रखते हैं दिल्ली क्षेत्र से संपर्क रखते हैं आप लोग हमसे मिल सकते हैं अपनी कुंडली का विश्लेषण पर्सनली मिल करवा सकते हैं टेलीफोन कॉल के माध्यम से भी करवा सकते हैं तो मेष से लेकर के मीन राशि के जात क्या कुछ कहता है गुरुवार का दिन तो मेष राशि के जात आज आप यदि प्रयास करते हैं तो आपके सभी काम बनेंगे आपको धनार्जन होगा प्रतिष्ठा आपको मिलेगी पद आपको मिलेगा लेकिन स्वास्थ्य का पाया आपके कमजोर रहेगा आपका व्यवसाय अच्छा चलेगा स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा परिवार से संबंध घनिष्ठ होंगे नए संबंधों के प्रति सतर्क रहें भूल करने से आज आपके विरोधी बढ़ेंगे रुके हुए धन की प्राप्ति में अड़चने आती हुई दिखाई पड़ रही उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिएगा ओम ग्राम क्रीम ग्रोम स गुरुवें नमः मंत्र का एक सौ आठ बार जाप करिए और गाय को एक दर्जन केला जरूर खिलाइए के शुभ कलर रहेगा पीला शुभ अंक रहेगा सात वृषभ राशि के जात को लेकिन एक आज आप लोगों से अपील करते हैं देखिए दर्शक और देखते हैं आप हमारी अपील मानते हैं कि नहीं यदि आपको हमसे थोड़ा सा भी जो है लगाव होगा और भगवान विष्णु को आप थोड़ा सा मानते होंगे तो आज आप लोग लिखिए ओम नमो भगवते वासुदेवाए या आपको यदि छोटा सा भी कुछ टाइप करना है तो लिख दीजिए श्री हरि केवल इतना लिख दिए हरि बहुत ही छोटा सा वर्ड है हम समझ जाएंगे आपका जो है भाव वृषभ राशि के जातकों मेहमानों का आगमन होगा आज शुभ समाचार आज आपको प्राप्त होंगे ही होंगे आत्मसम्मान आज आपका बढ़ेगा अपनी वाड़ी पर किसी दूसरे से बात करते समय नियंत्रण रखिएगा व्यापार में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है अपने काम से काम रखिएगा दूसरों के विश्वास में ना आए तो ठीक रहेगा परिवार में तनावपूर्ण कुछ बात को लेकर के माहौल हो सकता है जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद आज उभर के सामने आएंगे उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिएगा कि आज आप लोगों को गाय को चने की दाल और गुड़ खिलानी रहेगी दूसरा दर्शकों आज आप लोग विष्णु सहित का पाठ करिए शुभ आपके लिए रहेगा रहेगा दो मिथुन राशि लेन देन में सावधानी रखिए रोजगार मिलेगा व्यवसाय यात्राएं सफल रहेंगी अचानक लाभ होगा धन संबंधी कार्यों में विलंब से चिंता हो सकती है आज आपको लाभदायक समाचार मिलेंगे कार्य के विस्तार की योजना बनेगी और आज किसी संतों से आपका समागम होता हुआ दिखाई पड़ रहा है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिए आज आप लोग जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करिए और शाम को तुलसी के पौधे के नीचे एक देसी घी का दीपक आपको जलाना रहेगा शुभ कलर रहेगा हरा शुभ अंक रहेगा छः कैंसर कर्क राशि के जात को चोट व रोग से हानि संभव है कुसंगति से हानि होगी व्यर्थ का वाद विवाद किसी से मत करिएगा फालतू खर्चे बढ़ेंगे आवास संबंधी समस्या का समाधान संभव है आवेश में कोई कार्य ना करें तो बेहतर रहेगा सामाजिक एवं राजकीय ख्याति में अभी वृद्धि होगी व्यापार अच्छा रहेगा उपाय क्या करना रहेगा तो देखिए आज आपको प्रयास ये करना रहेगा कि पहली बात तो किसी से झूठा वादा मत करिए दूसरा आज केसर का जो है सेवन आपको किसी न किसी रूप में करना रहेगा कार्यक्षेत्र पर निकलने से पहले गुड़ खा करके जाइएगा सब कुछ शुभ रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा पीला शुभ अंक आपके लिए रहेगा नौ सिंह राशि के जात को शारीरिक कष्ट संभव है लेन देन में सावधानी रखिएगा सुख के साधन जुटेंगे रुका प्राप्त होगा आज आपके अधूरे काम समय पर जो है सफल होने से आपके अंदर उत्साह व उमंग बढ़ेगा वाहन चलाते समय थोड़ा सा सावधानी रखिएगा व्यापार के कार्य से आज बाहर जाना पड़ सकता है उपाय क्या रहेगा तो आज आपको प्रयास ये करना रहेगा धर्म स्थान की आपको सफाई करनी रहेगी साथ ही यज्ञो पवित्र का दान किसी ब्राह्मण को या किसी पुजारी को करना रहेगा शुभ कलर रहेगा पीला शुभ अंक रहेगा नौ कन्या राशि तो दुष्टजन हानि पहुंचा सकते हैं नई योजनाएं बनेगी कार्य प्रणाली में सुधार होगा आय बढ़ेगी भोग विलास में रुचि बढ़ेगी जीवन साथी से संबंधों में प्रगढ़ता आएगी स्थायी संपत्ति के मामले उलझेंगे कार्य में मित्रों की मदद मिलेगी आर्थिक मनोबल आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज आपको प्रयास ये करना रहेगा कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए यश स्मरण मात्रे जन्म संसार बंधनाथ अब आप खुद सोचिए कि जिसके स्मरण मात्र से ही सभी काम बन जाते हैं सभी जन्म जन्मांतर के बंधन छूट जाते हैं तो आप यदि ये विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे तो आपको क्यों नहीं लाभ होगा हमारे शब्दों पर गौर करिएगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा हरा शुभ अंक आपके लिए रहेगा सात तुला राशि के जातकों को कोर्ट व कचहरी में अनुकूलता रहेगी पूजा पाठ में मन लगेगा व्यवसाय ठीक चलेगा थकान रहेगी परिवार एवं समाज में आपके कामों को महत्व एवं सम्मान प्राप्त होगा वाड़ी पर संयम आवश्यक रहेगा व्यापार व्यवसाय में लाभ होगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो पीपल के वृक्ष के नीचे आज आपको जल में चने की दाल और गुड़ डाल करके अभिषेक करना रहेगा और आज कोशिश कीजिएगा कि भगवान विष्णु का कोई भी एक मंत्र चाहे ओम नमो नारायण आय हो जाए चाहे ओम नमो भगवते वासुदेवाय दो माला जरूर करिएगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा नीला और शुभ अंक आपके लिए रहेगा नौ स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के जातकों चोरी चोट व विवाद आज से आज हानि संभव रहेगी जोखिम व जमानत के कार्य टाल दे धनार्जन होगा भागदौड़ बाधाओं व सतर्कता के बाद सफलता मिलेगी पारिवारिक सुख संतोष बढ़ेगा उपहार मिलने के योग बन रहे हैं अधिक धन का व्यय ना करें तो बेहतर रहेगा खर्चों में अपने कमी करिएगा उपाय के तौर पर आज करना क्या रहेगा तो प्रयास करिएगा कि आज पीले रंग का कोई वस्त्र या कोई रूमाल अपने पास हमेशा रख के चलिए और कार्यक्षेत्र पर निकलने से पहले एक हल्दी की गाठ और थोड़ा सा केसर अपने जेब में रख लीजिएगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा सेफ्रॉन कलर शुभ अंक आपके लिए रहेगा पाँच सेजिटेरियस जी हाँ धनुराशि तो कोई पुराना रोग जो भर सकता है बेचैनी रहेगी जीवन साथी से सहयोग मिलेगा कानूनी बाधाएं दूर होंगी रुका मिलने से धन संग्रह होगा कार में भागीदारी सहयोग करेंगे विकास की योजनाएँ बनेगी दाम्पत्य जीवन में गलतफहमी आ सकती है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो देखिए आज आपको प्रयास ये करना रहेगा कि, किसी बूढ़े व्यक्ति को किसी बुजुर्ग व्यक्ति को आज आपको कुछ मीठा खिलाना रहेगा कुछ भी मीठा खिलाइए गुड़ खिलाइए बतासें खिलाइए जो आपकी सामर्थ्य हो वो खिलाइए लेकिन खिलाइएगा जरूर यदि आप बहुत पैसे वाले हैं तो मूंग का हलवा जरूर खिला सकते हैं शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा पीला शुभ अंक आपके लिए रहेगा तीन कैप्रिकॉन मकर राशि तो घर परिवार की चिंता रहेगी भूमि व भवन संबंधी योजनाएँ बनेगी आज आपकी बेरोजगारी दूर होगी कोई नए रोजगार का सृजन होगा सामाजिक दायरा आज आपका बढ़ेगा लाभदायक सौदे रहेंगे विपरीत परिस्थितियों का सफलता से सामना कर सकेंगे जीवन साथी से कुछ आर्थिक मतभेद हो सकते हैं आर्थिक मतभेद का मतलब समझ रहे हैं आपकी पत्नी आपसे पैसा मांगे कि हमको आज सोने का कोई आइटम खरीदना है और उसमें आप बिगड़ जाएं, तो ये आर्थिक मतभेद हो सकते हैं पैसों को लेन देन से लेकर के भी आप आर्थिक मतभेद आज कर सकते हैं उपाय क्या करना रहेगा तो जीवनसाथी को हर हाल में खुश रखिए इसका मतलब ये कदापि नहीं है कि आप उनको जो है किसी प्रकार का धन दे दीजिए जो मांगे वो करें मतलब खुश रखिए कुछ आप शब्द मत बोलिएगा दूसरा आज आपको जो है भगवान विष्णु जी के और लक्ष्मी जी के मंदिर में जाना रहेगा और धर्म कर्म से चीज़ों से संबंधित जैसे धूपपत्ती हो गई को पवित्र हो गया आपका केसर हो गया आपको हल्दी की गाँट हो गई इनसे संबंधित चने की दाल हो इनसे संबंधित वस्तुओं का आपको दान देना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा नीला शुभ आपके लिए रहेगा चार एक्वायर कुंभ राशि शत्रु परास्त होंगे पार्टी व आज आपके बच्चे पिकनिक में जा सकते हैं विद्यार्थी वर्ग सफलता हासिल करेगा धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी किसी नए कार्य में भाग लेने के योग हैं विद्वानों के साथ आज रहने का अवसर मिलेगा व्यापार में आज भागीदारी संभव है लेकिन भागीदारी आज आपको संभाल कर करना रहेगा व्यर्थ के बाद विवाद में मत पड़िएगा अन्यथा आज आपके ऊपर कोई कानूनी रूप से एक्शन हो सकता है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिएगा एक खुला हुआ ताला लीजिएगा और अपने ऊपर से सात बार एंटी क्लाकवाइज उधार करके एंटी एंटीक्लाकवाइज मतलब बामावर्थ और चौराहे पर शाम के समय आफ्टर सनसेट रख दीजिएगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा ब्लैक और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा सात अंतिम राशि पर चलते हैं लेकिन फटाफट इस वीडियो को लाइक तो आप लोग करिए मीन राशि के जात को घर परिवार की चिंता रहेगी विवाद को बढ़ावा ना कमजोर रहेगा जोखिम ना लीजिए अचानक यात्रा के भी आपको अच्छे फल मिलेंगे आमदनी में वृद्धि होगी प्रसिद्धि एवं सम्मान में जाफा होगा आज नौकरी में प्रमोशन के योग व सैलरी में इंक्रीमेंट आपको मिल सकती है कोई नया टास्क आज आप लोग चालू करते हुए नजर आएंगे पत्नी की तरफ से कोई महंगे गिफ्ट एक्सपेंसिव गिफ्ट आपको मिल सकते हैं पैतृक संपत्ति प्राप्त होने के योग बन रहे उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो देखिए आज आप लोगों को गाय को कोशिश करना है कि चने की दाल आपको खिलानी रहेगी और हो सके तो कोई पीली मिठाई भी जरूर खिलाइए शुभ कलर आपके लिए रहेगा पीला शुभ अंक आपके लिए रहेगा एक तो कैसा लगा हमारा ये राशिफल कमेंट के माध्यम से बताइए और दर्शकों नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब बगल में मना बेल आइकन दबाइए जनवरी माह का राशिफल हमारे चैनल पर पड़ रहा आप लोग जा करके देख सकते हैं दिसंबर माह का भी पड़ गया आप लोग देख सकते हैं जाके आपके शहरों में आ रहे जयपुर और दिल्ली का प्रोग्राम इस महीने बना हुआ है तो आप लोग अपनी अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा लीजिए दीजिए इजाजत मिलते हैं अपने नए वीडियो में तब तक के लिए जय श्री राम